कहा तक संभालू मैं बिखरने दो जो बिखर जाते हैं कहा तक संभालू मैं बिखरने दो जो बिखर जाते हैं मुझ पर ही तो नहीं रिश्ते छूटने दो जो छूट जाते थके तरफा हो ही नहीं सकता सब कि एक तरफा हो ही नहीं सकता सब रूठने दो जो रूठ है जाते हैं मौन का लू मैं अब सहारा कि मौन का लू मैं अब सहारा बोलने दो जो बोल जाते हैं